समझने समझाने का वक्त गया पुरानी बातें छोड़ो अरे समझने समझाने का वक्त गया पुरानी बातें छोड़ो अब हाथ जोड़ना बंद करो सीधा मुंह तोड़ो